Hi, शक्ति क्या अंडा तुम्हारा है? <laughs> हाँ? कहां से नहीं, तुम्हारे से है एक बात बोलू यस yes, सर तो बार बार प्रपोज करते रहते ना चल आज मैं मैं बीच में आता हूँ एज ए सुपर जज तो ये अंडा सर पे फोड़ेगा ना मैं बोलूंगा शक्ति को कि चल के तो दिखा जो मैं बोलूंगा तू उसे करना पड़ेगा हाँ, हाँ. मैं अंडा हाँ, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> लड... लड़की वाले आ हारे <laughs> <laughs> अभी क्या करना है बोल अरे बीओ क्या <laughs> <laughs> बत्तमीज लड़की क्या के साथ? है? <laughs> <laughs> <laughs> पापा बोला मेरे को। थैंक यू शक्ति वेरी वेरी स्वीट एंड स्पोर्टिंग। मेरी मम्मी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। योर थॉट्स। थॉट्स। ऐसे और क्या? क्या? इट्स इट्स इट्स इट्स लव। इसलिए मारा क्योंकि मैं तुरंत मुझे फिर से मारिए। <laughs> <laughs> <laughs> अच्छा, मैं बहुत अच्छे हो। आप बहुत सुंदर हो ब्यूटीफुल टोकरी में उठा के ले जा ले। <laughs> मैम चलो बेटा चलो मम्मी पापा कहें तुम्हारा मारूंगा ना, मार ना पीछे सामने oh. <laughs> <laughs> आप सोना हो आप बेटू आप बाबू सब कुछ हो क्या? सर शोना बेटू बाबू। <laughs> अब आप फैसला करो। क्या? इसने तो प्यार पे दिल पे दिल गोली ले ली मेरी जान। <laughs> मैं मैं आपके साथ एक डांस कर सकता हूं। बाबू ये <laughs> बाबू।, <laughs> बाबू।, <laughs> बाबू।, <laughs> बाबू, बाबू बाबू। बाबू, प्लीज आज चाहिए बाबू, बाबू। बाबू जाओ मैं आ, सर अरे मेरे गाँव की छबी ली छक्की डरबा मेरी बचपन की दोस्त है ये मैं साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलता था टेंशन मत होती बोलो ना तेरी मम्मी ने नहीं हनीमून की बात है बाद में